पानी अंदर क्या नाम है आपका अनीता कहा की रहने वाली हो ग्डा जिला जिला यहाँ कैसे आ गई बहिनी बस पर बैठा दल के तब चल लिए घर में कौन कौन है आपकी कोई ना सब जे बाप मन तारी छे सब भईन सहारा कोइने छे संग में कोइना मां के ले लिए यार शादी हो गई है आपकी शादी उमर हो गेले शंकर समरपति छोड़ दल के दूसर शादी कर ललका है बच्चे कितने हैं आपकी कुछ नहीं हमरा छे भैया हमारे साथ चलोगे अपना घर हां अपना घर चलोगे हमारे साथ चला <स्थित> क्या नाम है बहन जी आपका कहाँ की रहने वाली हैं गोंडा गोंडा जिला गोंडा जिला हाँ बालाजी गांव कौन सा है गोंडे पर जा थी। तो ये बाला तो बालाजी वही तबियत खराब हो गए परिवार में कौन कौन है माँ पापा बहन माताजी का क्या नाम है शांति तेरी पिताजी का मेहता। जाना चाहती हैं जब है, तब चल जब ठीक होने के बाद